दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त है क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता